तो हेलो एवरीबडी कैसे आप सब आईओ अच्छे होंगे मैं केपी संत आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूं दोस्तों तो देख सकते हैं ये है खजूरी पुस्ता और मैं दिखाने वाला हूं आप लोगों को डेहली डह, देहरादून एक्सप्रेस पेपर का कितना कुछ वर्क हो चुका है वो आप लोग इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा तो देख सकते ये पाइलिंग मशीन लगी हुई है और ये पायलिंग कर रही है कहीं कहीं तो पायल हो चुका है फाउंडेशन का काम चल रहा है अभी ज़्यादातर और कहीं कहीं प्लर बनके कंप्लीट हो चुके हैं तो देखेंगे और आपको खजूरी तक का दिखाएँगे ये है खजूरी पुस्ता जिसे बोला जाता है और हम चलेंगे आज खजूरी तक और वहाँ की पिंक लाइन भी दिखाएंगे जो खजूरी से सोनिया बिहार के लिए जो पिंक लाइन जा रही है उस पर कितना कुछ काम वर्क हो चुका है वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों तो बने रहिए केपी संत के साथ में और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लेना नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत बैलाइकन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए मिलते रहते हैं आप सभी को दोस्तों तो देख सकते हैं यहां पर ये डेली देहरादून एक्सप्रेसवे के जो पिलर हैं वो बनके बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं अब इन पर सेटरिंग बिठाई जा रही है देख सकते हैं इनका ये पिलर कैप का काम किया जा रहा है तो देखिए पिलर कैप बनाने के लिए सेटरिंग दोनों साइड में लगा दी जा चुकी है यही सेटिंग लगा दी जाएगी तो देख सकते हैं इस पर पिलर कैप का, का काम स्टार्ट हो चुका है तो मैं आप लोगों को सारे वीडियोज़ दहली देहरादून एक्सप्रेस वे के देखने के देखने के लिए मिलेंगे आप लोगों को संडे या मंडे तक जो आने वाला है उसमें आपको यहां से ले आपको बता दो अक्षरधाम से ले और ईस्टर्न पैरी तक का आप लोगों को वीडियो देखने के लिए मिलेगा कहां कितना वर्क चल रहा है अभी तो वो सब कुछ आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा तो देख सकते हैं ये सारे फिर कंप्लीट हो चुके हैं बन के इनमें बस अब पिलर कैप का काम किया जाना वो भी स्टार्ट हो चुका है पीछे जैसा आप लोगों ने देखा था तो यहाँ से जो सेफ्टी बोर्ड थे वो भी हटा दिए जा चुके हैं देख सकते हैं आप आप अपनी आंखों से और मैंने पिछली बार भी अभी पंद्रह बीस दिन पहले भी इस रूट का अपडेट दिया था तो वहाँ पर पिलर बनाए जा रहे थे कहीं कहीं बनाए जा रहे थे कहीं कहीं बन चुके थे कहीं कहीं इसमें पायल किया जा रहा था कहीं कहीं इसका फाउंडेशन का काम किया जा रहा था तो यही वर्क चल रहा था उस टाइम पे और उस टाइम से अब तक का आपको बता दूं यहां पर बहुत सारे पिलर कंप्लीट हो चुके हैं आपको बता दूं कि शास्त्री पार्क से जब हमने स्टार्ट किया तो उधर के ही नहीं बने थे वहां पर भी पल चल देखे इसमें ये पिलर में वो भरा जाएगा कंक्रीट भरा जाएगा फिर ये कम्प्लीट किया जाएगा तो देख सकते हैं बीच बीच में तो कम्प्लीट हो चुके हैं बीच बीच में देख सकते हैं इनमें रिंग लगाया जा रहा है रिंग लगा दिए जा चुके हैं और इस पर अब कंक्रीट भरा जाएगा इन दोनों पिलरों के अंदर कंक्रीट भरा जाएगा अभी तो इसके ऊपर रिंग भी लगाए जाएंगे इसमें शुरू शुरू ते लेके एंड तक इसमें रिंग लगाए जाएंगे देख सकते हैं इसका फाउंडेशन ही अभी इन लोगों ने क्लियर किया है फाउंडेशन बना दिया है बिल्कुल कंप्लीट हो गया फाउंडेशन इस पर देखो रिंग लग रहे हैं ये गोल गोल से और इन पर अब कंक्रीट भरा जाएगा और कंक्रीट भर देने के बाद में ये पिलर कंप्लीट हो जाएगा फिर इस पर दोस्तों देख सकते हैं ये सारे में अभी कंक्रीट भरा जाएगा क्योंकि इसमें फाउंडेशन क्लियर कर दिया है देख सकते हैं इसमें फाउंडेशन का काम चल रहा है इधर ये फाउंडेशन का काम हो चुका है और देख सकते हैं पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जा चुका है और इस पे रिंग लगाए जा रहे हैं और रिंग लग जाने के बाद में फिर इसमें कंक्रीट भरा जाएगा देख सकते जैसे ये रिंग लगाई गई नीचे नीचे ऊपर लगाए जाने हैं और ऊपर लगेंगे अभी आधे तक तस्वीर आप लोग अपनी आँखों से देख सकते हो और ऐसे ही इंफॉर्मेशन मैं लाता रहता हूं आप लोगों को कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आप लोगों को कंस्ट्रक्शन दिखाता रहता हूं इस पर फाउंडेशन बना लिया गया है और फाउंडेशन बना के ये पिलर का स्ट्रक्चर सरियों का जाल खड़ा कर दिया है इस पर रिंग लगाए जा रहे हैं और रिंग लग जाने के बाद में इसमें कंक्रीट की मदद से ये भर दिया जाएगा बिल्कुल कम्प्लीट हो जाएगा देख सकते हैं और ये हम खजूरी के लिए जा रहे हैं और उसी बीच में ये पढ़ते हैं तो देख सकते हैं कितने ज़्यादा पिलर ये खड़े कर दिए जा चुके हैं पहले नहीं थे जो पहला मैंने अपडेट दिया था उसमें नहीं थे देख सकते हैं आप लोग तस्वीर तस्वीरें देखो यहाँ पर ये पाइलिंग मशीन खड़ी हुई है जो पाइल कर रही है यहाँ पर कोई पिलर खड़ा नहीं हुआ है उसमें पाइलिंग का काम चल रहा है फिर इसका फाउंडेशन बनाया जाएगा और फाउंडेशन बन जाने के बाद में इस पर पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाता जैसे ये पिलर ये स्ट्रक्चर खड़ा है इसी तरीके से खड़ा करते हैं, फिर इस पर रिंग लगाते हैं, रिंग लग जाने के बाद में इस पर कंक्रीट भर देते हैं और कंक्रीट भर जाने के बाद में ये कम्प्लीट हो जाता है फिर उसके बाद में पिलर कैप का काम किया जाता है और पिलर कैप का काम हो जाने के बाद में फिर ये एक पिलर से दूसरे पिलर को गार्टर द्वारा कनेक्ट किए जाएंगे उन पर फ्लोरिंग की जाएगी और बस यही काम चलेगा फिर इस पर ब्लैक टॉप होगा और बन के कंप्लीट हो जाएगा ये एक्सप्रेस पर दोस्तों तो ये आपको बता दूँ इसकी डेड है 2023 के एंड तक ये कंप्लीट हो जाएगा और आम पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा तस्वीर आप लोग देख सकते हो और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो शेयर करो और कमेंट करके हमें ज़रूर बताओ कि हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत बेलाइकन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस के भी आप लोगों के बीच में लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है जहाँ भी एनसीआर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है आज की डेट में वहाँ की अपडेट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाता रहता हूँ तो देख सकते हैं अभी यहाँ पर कोई सेटिंग नहीं लगी हुई है कोई सेफ्टी बोर्ड नहीं लगे हुए हैं तो अभी इस पर से ये सेफ्टी बोर्ड लगाए जाएंगे फिर इस पर पायल किया जाएगा उसके बाद में इस पर वर्क स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर पाइल देखिए ये पाइल कर दिया जा चुका है अब पे आपको बता दूँ दोस्तों कि इस पर फाउंडेशन बनाने का ही वर्क चल रहा है इस टाइम पे क्योंकि ये पाइल करने के बाद में ज़मीन के अंदर गड्ढे किए जाते हैं छः गड्ढे किए जाते हैं छः गड्ढे करने के बाद में उसके अंदर रिंग डाला जाता है रिंग डालने के बाद में फिर उसको तोड़ा जाता है फिर इसका फाउंडेशन बनाया जाता है जैसा कि आप लोगों ने नहीं देखा तो पिछली वीडियो में देख देखो ये रिंग रिखे हुए हैं, ये रिंग ज़मीन के अंदर जाते हैं छह रिंग डाले जाते हैं छह पिलर बनाए जाते हैं ज़मीन के अंदर फिर उसके बाद में एक पिलर ग्राउंड लेवल पर आता है दोस्तों तो देख सकते हैं यहाँ पर यह आ चुका है खजूरी का चौक जो कि यहाँ पर पहले ये फ्लाई नहीं हुआ करता था और लेफ़्ट में आपको बता दो लेफ़्ट में पड़ेगा सोनिया बिहार और सोनिया बिहार को क्रॉस करते ही आ जाएगा सिग्नेचर सिग्नेचर ब्रिज यमुना रिवर पर और राइट में जाते हैं तो दोस्तों हम जाएंगे गाजियाबाद के लिए तो देख सकते हैं आपको बता दूं खजूरी ये स्टेशन है पिंक लाइन का अब पिंक लाइन का स्टेशन देख सकते हैं इन पर आपको बता दूं पिलर कैब का काम कर लिया जा चुका है अब इसके ऊपर का भी इसमें फिलर कैप लगा दिया जा चुका है अब इस लॉन्चर लगाया जाएगा देखो लॉन्चर बनाने की सेटरिंग चल रही है ये ऊपर लॉन्चर लगाया जाएगा फिर ये नीचे वाले कौन लेवल के जो बिंग्स हैं उनको जॉइंट किया जाएगा तो यही वर्क चल रहा है अभी और हम चल रहे हैं सोनिया बिहार के स्टेशन से सोनिया बिहार के पिंक लाइन के इस्टेसन पर चलेंगे वहाँ देखेंगे कितना कुछ वर्क हो चुका तो देख सकते ये बायोटेक्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है सोन ये क्या नाम है खजूरी और सोनिया बिहार के बीच तक ये पिंक लाइन का वर्क है दोस्तों देख सकते और पिंक लाइन का वर्क बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है इन पर जो स्टेशन हैं बीच बीच के बस तो उन पर ही वर्क चल रहा है और डबल डेकल डबल डेकर मेट्रो भी बनाई जा रही है पिंक लाइन डबल डेकर है वो क्योंकि नीचे वाले कौन कौन से लेवल पर तो इस पर बाहन दौड़ेंगे मतलब फ्लाईवर टाइप का बनाया जा रहा है और उसके ऊपर पिंक लाइन मेट्रो दौड़ेगी दोस्तों तो यही है डेढ़ दो किलोमीटर का ये फ़्लाई बनाया जा रहा है कि वहां पर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा रस रहता बहुत ज़्यादा जाम रहता तो इसी वजह इसी चीज़ को मद्द रखते हुए इस पर फ्लाई ओवर और मेट्रो बनाई जा रही है तो उसका मैंने पिछली वीडियो में आपको अपडेट दिया था आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देख लेना और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए के पी को लाइक शेयर कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत बेल आइकन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस मैं आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ और इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ जहाँ भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है आज के डेट में मैं आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ और बताता रहता हूँ दोस्तों तो देख सकते हैं कि आज का ये वीडियो था पिंक लाइन और खजूरी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से रिलेटेड तो ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद जय भारत वा गाइस आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं